क्या दिक्कत है अरे यार बोल अरे अरे भाई अरे साहब ये क्या कैसे अरे यार ओ भाई अरे पोटेटो ये कौन है ये कौन है पकड़ो पकड़ो मेरे को मत मारना नहीं नहीं, नहीं तेरे को नहीं, नहीं, नहीं, नहीं मार रहे अरे मैंने क्यों बिगाड़ा है ना भाई तो मेरे सामने नहीं उसके सामने कभी तो जीतना था मुझको ना आज जीत जा भाई तू क्या चिंता ही कर रहा है आज जीत जा भाई तू ही जीत रहा है यार और कौन जीत रहा है भाई ये बहुत स्लो नहीं है, नहीं है लेकिन hmm. हम्म सही अरे को तो अरे ये ये स्लो है ना ये तो कंट्रोल में भी हो जाएगी ओए जल्दी चलो मैं ठोक दूंगा चलता रहूं मेरे को मैं ठोक दूकेगा थो भाई भरोसा नहीं है चौको का बहुत गुस्सा आता है मुझे चौको से तो क्या भाई? बोल रहा है कुछ भी तो जो कभी बोला तो एक घंटे में भी थोड़ी हूँ तुम लोग रुको भाई, ना एक बार इस बात का रुके तुम क्रैश हो आज से वक्त बदल चुका है एं क्या पता नहीं अभी तक तो है भाई लगता तो यही है मेरी बस की तो नहीं है अरे क्या वाला खेल के लिए ये ये कौन कौन अबे हटो हटो ना क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं मत कर कौन है पोटेटो में देख रहा हूँ तेरे को पोटेटो देख लिया मैंने भी नहीं हेलो मेरे मेरे पास तो, अच्छा मेरे पास तो यार अब अब सब में में लास्ट आ रहा यार यार यार यार क्या कोई मैं क्यों मिलता भाई रुक जाना इजी रेस हार कैसे रहे हो भाई तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो अजय की बिजली नहीं थी आज तक। भाई तो, तो। सब बढ़िया भाई। रहा है? चली बड़ी रोड पे नहीं घुस रही कौन है क्यों क्यों ये ये मेरे तो थोड़ा रिलैक्स करना छोटा हो डैडी जब हम रिलैक्स करते हैं ना तो चीजें उतनी बड़ी दिखती हूँ क्योंकि तुम्हारी आदत है, है भाई, भाई, ना तुम दूसरों पे पैर रख के आगे बढ़ते हो डी नहीं भाई। बना नहीं है हाँ सही बात ये नहीं हो रहा से मेरे ले चलो भाई ये। ले क्या हो भाई गया से क्या हो गया? गया कर गया भाई ये मैं फिफ्थ आ रहा हूँ यार ये ये भाई ये भाई ये, भाई ये भाई जो बगचौधी कर रहे हो ना तुम ये कौन है ये अरे अरे मैं नहीं साले। पानी में अब यार यहाँ कैसे निकाला अब बस यार आसान है यार सब आसान है यार सब कर गया ये चीज यार गया। मैं भी था था था कर चल हाँ और क्या भाई मैं तो खेल अजय ने किया वो जो होता है। बिल्कुल भाई। प्लेइंग अगेंस्ट पोटेटो ये भी लिखा था मैंने अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा? कोई बात नहीं यार चौक होते नहीं है यार भाई डैडी भाई में छोटा नहीं करते मेरा तो सर्जन सर्जन हो गया ठीक <laughs> <laughs> है यार। मेरा भी हो हो हो गया। गया? गया। नहीं नहीं नहीं। ये, ले ये ले बड़ा। कौन पता नहीं हो गया फाइनली ये बहुत मुश्किल है यार ईजी भाई बच्चा क्यों नहीं कर रहे अरे छुप रहा है अजय तो तो क्या हो गया अजय अजय के कर कर कर कर रहा रहा है ओ... है तू तू गया गया क्या क्या ऊपर जा आराम नहीं हो रहा से अजय धीरे धीरे रिवर्स अरे करना है भाई नीगे नीगे जार प्लीज जार। अरे भाई तो यार यार यार प्लीज कर मेरे साथ गेड़े मैं कर जाता भाई तेज करने भाई आज तो तो तो थी थी है। तेज तेज तुम तो कॉफ़ी यार वो वाला नहीं है अरे अरे भाई यार मैं तो कर लिया नहीं रुक जाना अभी रुक जा मैं समझ गया कैसे करना है अब आया ना दिमाग में पहले क्यों नहीं चला इस दिमाग में अरे मैं कर लेता पहले थोड़ा नीचे जाना है जिससे कि ऊपर जा पाए हम्म अरे नहीं वो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं हो रहा है वो तो है ही नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ऊपर नीचे से ऊपर नीचे ऊपर ऊपर ऊपर नीचे तो होने पड़ेगा धीरे से डालोगे कैसी बातें कर भाई हैं अश्लील लौंडाई तो है मुश्किल अबे तुम लोग रुके हुए यहाँ पे क्या हुआ अरे अरे तो तो भाई। भाई। अरे अरे अरे भाई भाई भाई नहीं नहीं हुआ हुआ दिया भी दे रहा है ये क्या धीरे क्यों चल रहे हो चलो ना तू जाना मैं अच्छा सब समझ रहा हूँ मुझे पता पता था तू यही करेगा मुझे चौकस सीखी है की दूसरे ठीक ठीक ठीक ठीक है थीक है डैडी, ये है है ये अब अबे अब बात करना मैंने गिराया चलेगा क्या के मुड़े वही तो करनी है ये देख के दिल्ली डैडी आ मुझे ये समझ नहीं आ रहा अरे कोई तो करके जाओ ऊपर है अरे नहीं कोई पॉइंट नहीं आजा करने का क्यूँकी एक और है अरे तो बढ़िया हो रहे कोने कोने से एच एच से हम्म ओह हो गया हो हो गया हो गया ना बोल रहा है भाई भाई मुझे नहीं पता था मैं इतना टैलेंटेड बस ड्राइवर हूँ यूट्यूब वाली काम कर रही है टिप्स वाली भाई सब सीखा मैंने बस ड्राइविंग बाइक ड्राइविंग नाइट राइडिंग हेलीकॉप्टर भाई में क्या राइड कर रहे हो भाई जो तू पे भी ब्याजेज क्या दहेज में तो चौको आया है भाई अरे गया गया गया हो हो ओह ये ये किया मैंने था अरे एक चौको कर सकते हैं आजा आजा, आजा।, आजा। पोटैटो का भी हो गया भाई बहुत गिर बार यूज़ किया नहीं नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं करना भाग के स्पीड उदान आएगी देख के उदान आएगी उदान यार हो गया हो गया मेरा हो गया रिक्वेशन बात होगी अरे चौको तेरा हो गया ये और क्या सबसे अब अबे क्या? भाई ये ये क्या हो रहा, आज? रहा है आज मैं मैं नहीं वो मैं वो पीछे हैं तो तो मेरे से हो भी नहीं रहा। मैं तू नहीं रहा तू ना अरे ये दोनों तो चल रोज खेल रहे आज तो कितने दिन बाद है वो भी फुल लोन एकदम एकदम एकदम अभी तो प्रेम इज्जत अभी तो भाई कौन चमन है भाई अबे चौको क्या हो गया प्लट क्यों रहा है भाई क्या अबे नेक्स्ट वाला वाला वाला वाला वाला इजी इजी इजी मुश्किल था वाला जो था सेकंड है। है। सेकंड वाल तो वाला वाला जो वो वो है है है है है है नॉर्मल पिछला ये रहा रहा मेरे साथ तो मतलब समझ डैडी इनका क्या मतलब है कि ये सबसे ये बोलना चाहिए चोको यहाँ क्यों खड़ा है चोको अबे क्या हो गया कहां रुक जाओ? मैं शर्म है हल्की सी सी भी भी थोड़ी तो से से भी साले साले तेरे आगे बिल्कुल तो मार के के जा रहे हो अबे मार भी भी तो भी तो नया कुछ और नहीं मार रहा भाई मैंने है तो गलत जा रही मारा अरे नहीं नहीं नहीं मैं क्या गरीब नहीं गरीब नहीं गरीब नहीं गरीब नहीं आराम से गरीब हाँ गरीब हाँ, गरीब हाँ। भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये तो <laughs> ज्यादा बड़ी नहीं बस दे दी देती अरे बाइक रेसर्स के बाद अपन बस रेसर्स कह रहा दे डैडी जाओ हम लोग फिर सेकंड बेस्ट के जा, ले ले दिया दिया दिया उसने मुझे ने मैंने हेल्प वाला अरे मैंने भी हेल्प ही करी थी भाई ये उड़ता क्या मत करियो मेरे को धक्का मत दियो तू मेरे को जान दे पहले क्यों हो रहा है अभी ये तीनों एकदम ठीक है ठीक है, है भाई। भाई आग, तेरे को मैंने बोला। भाई, तो तो तेरा हो गया हुआ ना? के बाद तो वो दोनों टॉप पे हैं। चौको वहाँ क्या कर रहा है अरे हम चौको भी टॉप पे हैं। हम कोई टॉप पे, पे नहीं, नहीं है ये बेमानी करते हैं ना नह जो लोग अरे फिर उल्टा जा उल्टा जा उल्टा जा उल्टा उल्टा उल्टा रेस करेंगे बस में दे देख लिया मैंने क्या बहुत हरामी भाई भाई का है तो भाई।, है। है। है भाई भाई कैसे है है है ना वो विच होते हैं एकदम तो और ये दूध बच्चे खा रही गरीब लेलो हटके आके थोड़े से कुछ दो शब्द बोलेगा अरे क्या कर रहा है अरे उल्टा जाना बच्चों भाई तू वहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा ये बता भाई हो जाए बचाया है, मेरे को वहाँ पे क्या अच्छा है। हा, हा, हा, हा, मुझे क्या। अरे भीड़ क्यों लगवा कहना चाहूंगा पता नहीं अब क्या चल रहा है कभी बार तो कैसे आ गया ठीक हाँ है मैं फर्स्ट अरे भाई क्या सुन लिया ये बोल रहा हूँ सीधा कर ले ब्रेक्स मार ले बस एंड में ऐसा क्या हाँ और क्या मैं को देखना जा अरे जा भाई तो आ, नहीं भाई नहीं अजय तो लाइक मारो तो भाई अच्छा लाइक मारू ऐसा लग रहा है क्या लग रहा है